अगर आप किसी घायल जानवर को देखते हैं तो उसकी मदद करने के लिए ऑब्वियसली आप किसी एन या शेल्टर को कॉल करेंगे है ना लेकिन अगर वो शेल्टर उस जानवर को रेस्क्यू करने से मना कर दे फिर आप क्या करेंगे फ़ोन पर शेल्टर वालों पे गुस्सा होंगे या उन पे दबाव डालेंगे या फिर लोगों को बताएंगे कि भाई ये शेल्टर तो सिर्फ नाम का है कुछ करता ही नहीं लेकिन क्या किसी की मदद करने के लिए मदद मांगना ज़रूरी है इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा धर्मशाला में जहां आई टी हुई है इसलिए जहाँ और मैं जा रहे हैं श्रद्धा जी जी और प्रतीक जी के घर तो अभी हम पहुंच गए प्रतीक जी और श्रद्धा जी के घर के सामने जहां पे गुड्डी अडोप्ट हुई है अब हम अंदर जाने वाले और उनसे मिलने वाले लेकिन पहले मैं आपको गुड्डी की कहानी बता देती हूँ गुड्डी की मदद करने के लिए विक्रम दत्ता जी ने हमें फोन ही नहीं किया गुड्डी विक्रम दत्ता जी को पालमपुर में मिली थी जब वह अकेली रो रही थी और उसकी पूछ भी कटी हुई थी विक्रम जी उसे सीधा अपने घर ले गए और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया उन्होंने कई दिन उसे यानी की अपने ही घर में उसकी देखभाल की क्योंकि विक्रम जी के घर में एक पैट भी था इसलिए गुड्डी को संभालने में उन्हें कुछ दिक्कत होने लगी और तब जाके उन्होंने हमें इस सबके बारे में बताया गुड्डी जब यहाँ आई तब तो क्लिनिक में पार्वो पॉजिटिव पपीज भी थे इसलिए रवीना ने झट से फैसला किया कि वो उसे करेंगे रवीना और मुरुक्को के साथ रहते रहते गुड्डी भी फ्रेंडली होने लगी थी साथ ही उसकी पूछ की रेगुलर ड्रेसिंग चलती रही हमने गुडी की एक फोटो शेयर की थी जिसे देख हमें कुछ ही दिनों में श्रद्धा जी की कॉल वो गुड्डी को अडोप्ट करना चाह रही थी अक्सर जब कोई वोडेड डॉग हमारे पास आता है तो लोग उसे तभी अडोप्ट करते हैं जब वो पूरी तरह से हील हो जाता है लेकिन श्रद्धा जी और प्रतीक जी उसे ऐसे ही अडोप्ट करने को तैयार थे और उसकी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी भी वो खुशी से ले रहे थे गुटी का नाम अब सराबी है और इसे तीन भाई बहन मिल चुके हैं वो बहुत ही खूबसूरती से बड़ी हो रही है प्रतीक जी ने उसे बहुत बढ़िया ट्रेन भी कर दिया है। उसको यूमन्स बहुत पसंद हैं। जैसे अगर कोई नया इंसान भी आता है, साथ हम गए तो थे गुड्डी से मिलने लेकिन वहाँ जाकर हमने तीन और दोस्त बना लिए पहले हम कभी सोचते नहीं है हम मदद कर देते वैसे ही किसी किसी एनिमल की की की मदद करने के लिए भी हमें सोचने जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इंसानियत का काम ये होता है। देखिए जिम्मेदारी उठाना एक बोझ उठाने के समान होता है। इंसानियत अपना बोझ किसी के कंधे पे डालने में नहीं, बल्कि इंसानियत तो वो बोझ मिलकर उठाने में है।